तो प्रेम की बात है ऊधो अरे बंदगी तेरे बचे की नहीं है ये तो प्रेम की बात है वो धो बंदगी तेरे बचे की नहीं है ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बत की नहीं है बंदगी तेरे बत की नहीं है यहाँ सर देखे होते हैं सौ दे आशकी इतनी सस्ती नहीं है ये तो फेम की बात है बुध बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो उनकी पूजा में सुन लो ये यहां दम दम में होती है पूजा उनकी पूजा में सुन लो ये यहां दम दम में होती है पूजा यहां दम दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है बुधो बंदगी तेरे बत की नहीं है उन्हें का परवाजी जिंदगी की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो बतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है मूझो बंदगी तेरे बत की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बुदो वो तो रहते जगत से है न्यारे जिनकी नजरों में मोहन समाए वो तो रहते जगत से न्यारे जिनकी नजरों में मोहन समाए नजरों में जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है ये तो प्रेम की बात है बुझो बंदगी तेरे बत की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बुझो बंदगी तेरे बत की नहीं है ये तो प्रेम की बातें है बूझो बंदगी तेरे बच की नहीं है बंदगी तेरे बच की नहीं है यहां सर देखे होते हैं सो आज तक सकी इतनी सचती नहीं तो प्रेम की बातें बंदगी तेरे बच की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बूदो बंदगी तेरे बच की